झारखंड में 16 साल की नाबालिक के साथ हुए लव जिहाद का मामला अब काफी गरमाता जा रहा है लव जिहाद का शिकार हुई अंकिता के हत्यारे को फांसी की सजा की मांग हो रही है इसी को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने परासिया में रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है दुमका में एक सोलह वर्ष की नाबालिग अंकिता को शाहरुख ने उसके घर में पेट्रोल डालकर जला दिया क्योंकि अंकिता ने उस शाहरुख नाम के व्यक्ति से दोस्ती करने से मना कर दिया था जिससे गुस्साए शाहरुख ने अंकिता के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी जिसके बाद पांच दिन मौत से जंग लड़ने के बाद अंकिता की मृत्यु हो गई, जिससे समाज में काफी आक्रोश है। अब जगह जगह से आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा की मांग उठ रही है इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना चाहिए इसके लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने परासिया में रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और फांसी की सजा की मांग की आज विश्व हिंदु परिषद बैजंगल के तत्वाधान में झारखंड के धुमका निवासी बहन अंकिता सिंह की निर्मम हत्या एक जिहादी शाहरुख के द्वारा की गई यह घटना दिनों दिन लगातार बढ़ती चली जा रही है इसके पूर्व में भी कन्हैया जैसी नामक घटना घटी हुई मगर आज उस तो किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई प्रशासन का शासन, शासन के द्वारा नहीं की गई आज ए टी के माध्यम से महामारी राजपति तो को ज्ञापन सौंपा गया और उसमें आज बजरंग दल एक निवेदन करता है तो कि उसमें उचित उचित कार्रवाई हो जिससे कि ऐसी घटना इस देश में और छोटे से छोटे नगर गांव में किसी प्रकार की कि ऐसी घटना न घटी हो और यदि ऐसी घटना करती है तो इसके बाद बजरंग दल ना तो ज्ञापन देगा ना तो निवेदन करेगा उग्र आंदोलन करेगा जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की हो